प्यारी ग्रामीण बंधुओं माता एवं बहनों अपार हर्षो के साथ सूचित किया जाता है कि आपके बगरस चौक जी हां आपने बिल्कुल सही सुना बगरस चौक पर खुल चुका है माला किल्लिक जी हां आपने बिल्कुल सही सुना बगरस चौक पर खुल चुका है माला किल्लिक जिसमें डॉक्टरों की टीम द्वारा आप तमाम ग्राम ग्रामवासियों जो भी विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित है उसका सफल इलाज किया जाएगा जी हां आपने बिल्कुल सही सुना खुल गया खुल गया खुल गया जी हाँ आप ही के गांव आप ही के बगरस चौक पर खुल गया है माला क्लिनिक जी हाँ माला क्लिनिक आपने बिल्कुल सही सुना जहाँ डॉक्टरों के टीम द्वारा सही एवं सार्थक इलाज किया जाता है जी हाँ हमारे डॉक्टर के टीम है डॉक्टर हसन आलम जी हाँ डॉक्टर हसन आलम बीएएमएस एसएन ग्लोबल हॉस्पिटल बेगूसराय जी हाँ एसएन ग्लोबल हॉस्पिटल बेगूसराय डॉक्टर नितिन कुमार एमबीबीएस चिकित्सा पदाधिकारी नाव कोठी जी हाँ डॉक्टर नेहा कुमारी चिकित्सा पदाधिकारी हेल्थ वेलनेस सेंटर बगरस अपनी अपनी दिन देते हैं जी हाँ। आपने बिल्कुल सही सुना हमारे यहाँ डॉक्टरों की प्रत्येक दिन उपलब्धि 24 घंटे रहती है तो आइए और हमारे यहाँ से जुड़कर सफल इलाज करवाइये हमारे यहाँ पेट लीवर किडनी, लकवा सटिका दम्मा डायबिटीज कब्ज़ एवं नवजात बच्चों की विशेष सुविधाएं हैं। तो देर किस बात की अब आपको पटना बेगूसराय जैसे बड़े शहरों में नहीं जाना होगा अब आप अपने गांव में रहकर कर सफल इलाज करवा सकते हैं वो भी हमारे इस किलिक से जी हाँ माला के बगरस चौक यहाँ स्त्री रोगों की विशेष सुविधा है जी हाँ महिला डॉक्टर नेहा कुमारी के द्वारा प्रत्येक दिन से दो बजे तक सेवा उपलब्ध है साथ ही साथ हमारे यहाँ महिला नर्स की 24 घंटा सेवा उपलब्ध है हमारे यहाँ सभी प्रकार की छोटी बड़ी ऑपरेशन की भी सुविधा है हमारे यहाँ प्रत्येक रविवार को O, P, D, प्री। जी आपने बिल्कुल सही सुना प्रत्येक रविवार को ओ पी बिल्कुल शिवधा है आए और अपने बीमारी का सही परामर्श ले हमारे क्लिनिक के संस्थापक आप ही के गांव के आप ही के समाज के रहने वाले डॉक्टर मित्तल कुमार जी हाँ मित्तल कुमार जी हैं जिनका संपर्क सूत्र है 75 चौवालीस पचासी बेरानवे बे, जीरो आठ और दूसरा संपर्क सूत्र है बेरासी अंठानवे 02 28 45 धन्यवाद पेट लीवर छाती किडनी लकवा गेठिया, सटिका दम्मा डायबिटीज कब्ज या नवजात शिशुओं के सफल इलाज करवाना चाहते हैं तो आइए और बगरस चौक पर माला क्लिनिक से संपर्क कीजिए जी हाँ बगरस चौक पर खुल गया है माला क्लिनिक जहाँ पर सभी प्रकार के बीमारियों का सफल इलाज होता है वो भी माला क्लिनिक में तो घबराए नहीं अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है अब आपको पटना बेगूसराय खगड़िया जैसे बारिश शहरों में नहीं जाना होगा अब आप कम से कम खर्च में बेहतर इलाज करवा सकते हैं। वो भी मालक क्लिनिक से जुड़कर। जी हाँ हमारे यहाँ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा कुमारी भी पर प्रत्येक दिन ग्यारह बजे से लेकर दो बजे तक इलाज करती है इतना ही नहीं हमारे टीम में डॉक्टर हसन आलम डॉक्टर नितिन कुमार और नेहा कुमारी भी हैं तो आइए और हमारे इस क्लिनिक से सफल इलाज करवाइये और प्रत्येक कर रविवार को फ्री ओपीडी की सुविधा है जी हाँ फ्री ओपीडी की सुविधा है प्रत्येक रविवार को अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं और इलाज करवाना चाहते हैं, तो आइए और डॉक्टर साहब से मिलकर सफल परामर्श लीजिए जी हाँ घबराने की जरूरत नहीं है अब आपके शहर बगरस चौक पर खुल गया है माला क्लिनिक जी हाँ माला क्लिनिक बगरस चौक जिसमें हमारे डॉक्टर हैं डॉक्टर हसन आलम जी हाँ डॉक्टर हसन आलम बी एम एस एस एन ग्लोबल हॉस्पिटल सराय डॉक्टर नितिन कुमार एम बी बी एस चिकित्सा पदाधिकारी नाव डॉक्टर नेहा कुमारी चिकित्सा पदाधिकारी बगरस हेल्थ वेलनेस सेंटर बगरस जो की अपनी अपने समय को प्रत्येक दिन देते हैं अतः आपसे अनुरोध है कि अगर आप भी सही इलाज करवाना चाहते हैं कम खर्च में बेहतर इलाज चाहते हैं तो जुड़े माला किले के हमारे संपर्क सूत्र है 75 चौवालीस 85 बेरानवे जीरो आठ और दूसरा मोबाइल नंबर है बेरासी अंठानवे जीरो दो अट्ठाईस पैतालीस कौन हो बाबा अपना बगरस जहा पर माला किल्ली आ क्या पर सब प्रकार के बीमारी के इलाज होना पेट लीवर छाती किडनी लकबा गेठिया सटिका दम्मा डायबिटीज कब्ज इतने न अगर छोटा बच्चा होते तो इलाज हो स्त्री रोग के भी इलाज यहां पे रे बाप बाप न बढ़िया इलाज हा एकदम बढ़िया इलाज हो सब बीमारी के यहाँ पे इलाज वो भी कम से कम खर्च में बेहतर इलाज हो जाने छो यहाँ बेगूसराय से डॉक्टर आवे डॉक्टर हसन आलम अच्छा अच्छा डॉक्टर हसन आलम बाप अरे बाप उठ बड़ा ही बढ़िया डॉक्टर है एक बार हम अपना बूढ़ी को दिखाई थे एशियन ग्लोबल हॉस्पिटल बेगूसराय में हा हा वह डॉक्टर उतने न डॉक्टर नितिन कुमार स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा कुमारी भी छा अच्छा जो अपना बगरस चिकित्सा पदाधिकारी है हा हा बगरस के जो चिकित्सा पदाधिकारी नेहा जी वो आवे एकदम बढ़िया बात है अब तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है काम खर्च में बेहतर इलाज होगा आप सबसे निवेदन है कि अगर आप भी बेहतर इलाज चाहते हैं, तो माला क्लिनिक से जुड़िए और अपना सफल इलाज करवाइये जी हाँ एकदम सही माला क्लिनिक बगरस चौक पर है, जे डॉक्टर मित्तल जी के द्वारा संचालित है हाबू और कम खर्च में इलाज इतने न रविवार के फ्री में परामर्श दहा सब कोनो भी बीमारी से ग्रसित छे तो डॉक्टर साहब सही हो फ्री में परामर्श लियो एकदम सही बात है हम भी जो है रविवार को जाएंगे थोड़ा परामर्श लेंगे ठीक है बाबू ठीक है